कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने खुद को उमंग सिंघार की पत्नी बताया है महिला ने कहा कि उमंग सिंघार अप्रकृतिक कृत्य करते हैं वह प्रताड़ना देते हैं पूरे मामले की गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुष्टि की है वही उमंग सिंघार ने इसे ब्लैकमेलिंग बताया है आपको बता दें कि उमंग सिंघार तब भी कुछ ऐसी ही चर्चा में सामने आए थे जब उनके भोपाल स्थित निवास पर उनकी एक महिला मित्र ने आत्महत्या कर ली थी कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर महिला ने दुष्कर्म और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि धार जिले में पीडब्ल्यू कार्यालय के पीछे अभद्र व्यवहार किया, किया। मध्य प्रदेश के गृह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया की कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और गुजरात चुनाव में सह प्रभारी मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ धार के नौगांव थाने में अड़तीस वर्षीय एक विवाहित महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई है पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है महिला ने आरोप लगाया है कि पीडब्ल्यू कार्यालय के पीछे विधायक निवास में उमंग सिंगार ने नवम्बर दो, दो हजार इक्कीस से लेकर 18 नवंबर 2022 के बीच महिला के साथ दुष्कर्म किया और मारपीट कर अभद्र व्यवहार भी किया महिला ने विधायक पर अप्राकृतिक कृत्य करने का भी आरोप लगाया है नगांव पुलिस ने फरियादी के कथन के आधार पर उमंग सिंगार के खिलाफ आईपीसी की धारा तीन 377 और चार सौ के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव गुजरात चुनाव के सह प्रभारी पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक उमंग सिंगार जी आरोप धार जिले के नौगांव थाने में दुष्कर्म शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार उनकी और भी पूर्व में पत्नियां थी पुलिस ने चार सौ अंठानवे ए तीन सौ में में में 506 सहित अन्य धाराओं मामला नौगांव थाने धार जिले दर्ज किया है महिला जवाहरपुर की है महिला ने खुद को सिंगार की पत्नी बताया है उसने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उमंग सिंगार से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी दोनों की फोन पर बातें होने लगी सिंगार ने शादी का वादा किया था इसके बाद महिला दिल्ली गुरुग्राम धार और भोपाल के निवास पर उमंग सिंघार के साथ रहने लगी। इस दौरान सिंघार ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और शादी करने की बात से मुकर गए महिला ने इसकी शिकायत करने की धमकी दी तो सिंघार ने भोपाल स्थित आवास में 16 मार्च 2022 को उसके साथ शादी कर ली फिर उसे प्रताड़ित करने लगे महिला का आरोप है कि सिंगार ने अश्लील वीडियो बनाए और दोस्तों को दिखाने की बात कहकर ब्लैकमेल भी किया पीड़िता ने सिंघार पर जान से मारने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है वहीं विधायक उमंग सिंघार ने इस पूरे प्रकरण में अपना पक्ष रखा है विधायक ने नौगांव थाना प्रभारी को एक आवेदन 2 नवंबर को लिखा था जिसमें बताया था कि सोलह अप्रैल दो को मेरा विवाह हुआ था विवाह के बाद से ही पत्नी मुझे ब्लैकमेल कर रही है मुझे कहा कि मैंने तुमसे शादी पैसे के लिए की थी मुझे दस करोड़ रुपए दोमान किया मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया हूँ मैंने पहले ही पुलिस से प्रकरण दर्ज करने की मांग की थी तो इस बात का मुझे समझ में नहीं आता इस प्रकार की राजनीतिक क्यों रचा जाता और अगर षडियंत्र रचा जा रहा है तो उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें मैं लोगों के साथ खड़ा रहा गंदवानी में क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया करता रहूंगा ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और इन जो महिला ने आरोप लगाए है कि ठीक है निजी हमारा पारिवारिक मामला है लेकिन इन्होंने क्या सोच के लगा इनके पीछे क्या मंशा है ये तो यही बता सकती है कोई व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाते तो बड़ा दुख होता है लेकिन वो हमारी ए, मैं ठीक है मैं इनका सम्मान करता हूं लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया उसकी भी मैंने आवेदन पुलिस में पे पहले दिया था उस पर अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं तो, तो ये प्रताड़ना पिछले चार छह महीने से झेल रहा था क्या मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कहीं मैं सुसाइड नहीं कर तो मैं क्या मैं अपनी जनता की सेवा करूं कि मैं सुसाइड करना पसंद करूं तो मैंने जनता की सेवा करना पसंद किया जो भी मेरे पे झूठे आरोप लगाएंगे उसको मैं ठीक है न्याय है न्याय की मांग करूंगा न्याय के हिसाब से जैसा भी माननीय न्यायालय जब में जाएगी बात मैं अपना पक्ष रखूंगा मुझे विश्वास है हिन्दुस्तान के न्याय वो खबरें